धड़कन ये कहती है वाली हूँ फान काम से hi, hi मैं अभी निकल रहे अपन दर्द दड़ है है दिल तेरे बिन एक अब hey आप, मम्मी पापा मैं मम, दादी hey. आज पब्लिक है आज क्योंकि धीरे धीरे कोरोना वायरस है अभी है, फ्रेंग, फ्रेंग अभी बहुत बो, है फ्रेंड्स सामने बहुत है दिल देरे लेकर जा रही हो तो देखिये अभी सामने bam bam bam bam bam what's going on thing oh. thing something हूं मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती तब तक लाइक करो शेयर करो सब